छिंदवाला कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारी कर्मचारियों की एक बैठक ली और पंचायत सचिवों को फटकार लगाई कलेक्टर ने साफ कहा कि काम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सजा भी मिलेगी सौरभ सुमन ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और ग्राम पंचायत के सचिवों को फटकार लगाई पंचायत सचिवों से साफ कहा की जो भी कार्य में लापरवाही करेगा वो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे कलेक्टर सौरभ सुमन ने वैक्सीनेशन के काम को सबसे पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं विकास कार्य और शासन की योजनाओं का लाभ जनता को लेकर कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले इसकी रूपरेखा उन्होंने सबको बताई है समीक्षा बैठक जनरल पंचायत के जो कार्य हैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास मनरेगा जल संरक्षण के कार्य हो रहे समीक्षा इस की इसके अलावा महिला बाल विकास स्वास्थ्य में जो जितनी योजनाएँ हैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर उनके टीकाकरण चलिए जनरल कोविड तो का टीकाकरण चल रहा उसको ले कहीं कहीं कुछ कमियां है उसको दूर के तो करने के लिए साथ दिन समय पिछले जब निर्देश दिए थे उसके बाद द्वितीय ये बात है तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती दोबारा ऐसी फिर से निर्देश दी लोगों ने पहले इस बात को प्राथमिकता दी कि पहले कोविड टीकाकरण हो ताकि सारे लोग सुरक्षित हो उसके बाद काम करने के लिए हमारे पास समय है संगीत कीहरियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने